हेलो गाइस वेलकम बाई यूट्यूबर्स चैनल तो गाई यही हम लोग बहुत बात चल रहा है पबजी अभी इंडिया से अभी बैन हुआ है पता नहीं पबजी बैन हो गया बट पबजी तभी चल रहा है अब ये हो सो पर प्ले स्टो में करेगा पबजी भाई नहीं आएगा ना पबजी लाइट आएगा ना पबजी वबाई आएगा क्योंकि इंडिया से बैन हो गया बट तब चल रहा है पबजी कुट लोग क्लोम चल रहे हैं कुछ कुछ लोग प्ले स्टोर का लोकेशन चेंज कर दे रहे हैं कुछ कुछ बीपीए लगाते खेल रहे हैं कैसे यही है बी लगाते खेल रहे हैं कुछ कुछ लोग हम भी खेल रहे हैं तो क्या करें हम भी मुझे नहीं खेलना चाहिए क्योंकि बैन हुआ है नहीं खेलना चाहिए क्योंकि गलत होता है बैट है भी क्योंकि बैंड किसी नहीं खेलना चाहिए टिकटॉक तो बिल्कुल बैन हो गया टिकटॉक भी बिल्कुल नहीं आ रहा एक बार लोकेशन सेंड किया मैंने यूनाइटेड स्टेट का डाला था यूनाइट स्टेट का डाला मैंने डाला दा, था तो मैं टिकट और पबजी पबजी सब आ रहा था सारा चीज़ लाइकी लाइक सब अच्छी चीज़ बैन हुआ था सब आ रहा था और इंडिया के लोकेशन में था दूसरी मेरे पर मेरे पर बहुत आई डी मेरे पास दस जीमेल आई डी है ठीक है एक सिंगापुर की है और एक यूनाइटेड स्टेट की और बाकी सब आई डी पर ये सब इंडियन आई है हाँ क्योंकि दो लोगों मैंने लोकेशन सेंड किया है और सिंगापुर में और यूनाइटेड स्टेट में पबजी और टिकटॉक अवेलेबल है ठीक है और इंडिया में कुकी शान टेंशन गेम है ये डेवलपर है पबजी उगाएगा डेवलपर है ये ठीक है पबजी का बिल्कुल डेवलपर है और बहुत बड़ी कंपनी टेंशन गेम और शाइनिंग कंपनी है ये हो तो शाइनिंग कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है टेंशन गेम हाँ कोई भी कंपनी में ला दो तो, कोई आएगा शाइनिंग कंपनी है वो तो पबजी तो एक कोरियर वर्जन है पसंद नहीं है क्या होता हूँ बैन हो गए बैन हो गए देखो पफर आया देखो अभी बास चल रहा है जियो वाला लेगा तो एटर वाला ले लेगा देखो कौन लेगा जल्दी कोई ले कोई जल्दी ले, ले ले तो बढ़िया है ठीक है और हम देखो मिलेंगे नेट वीडियो में और ये टेक्निकल रॉक वेदांत है मैंने नाम चेंज कर दिया मोटर मोटो और रॉक वेदांत और कुछ सब चेंज कर दिया मैंने कुछ पड़ा है पहले रॉक वैदान मोटर मोटर राक्निकल रॉक वैदान ये सब पे बेटर चैनल और ये पापड़े नेम है नाम अब नहीं चेंज होगा टेक्निकल रॉक वैदान ही रहेगा ठीक है मेरा एक कॉस चैनल है जिसके अंदर में जाओ जीटी राव की गेम भी देखेगा ये मेरा एक चैनल है इतने सब्सक्राइब कर देना आपको नहीं, नहीं, भी इतने नए नए वीडियो मिलेगी अभी मैं डाल नहीं अभी चिक्का डाल रहा हूँ ठीक है तो अभी देखो कॉलर डूटी है और फ्री फायर बचा है और दो गेम बस है अभी पबजी भी बहुत लोग खेलने वाले खेल रहे क्योंकि बैंड की भी चीज़ बहुत लोग खेल रहे हैं पर नहीं खेलना चाहिए बैन है पबजी गोल किया है बैन है ठीक है अब क्या बताओ बैंड हो गया अभी देख ही रहे साल क्या चल रहा है कोविन क्या बताओ बेकार चीज़ है यहाँ पे ठीक है हम लोग तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ले ठीक है और ये वीडियो अच्छा लगे वीडियो को फिर सब्सक्राइब करें लाइक भी करें कमेंट करें तब तक के लिए